हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं राजेंद्र प्रसाद आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं क्वेश्चन का मतलब है कि जो हड़पा सभ्यता है उसमें सबसे ज़्यादा स्थल हैं वो किस नदी के तट पे या कौन सी नदी है उसके आसपास मिले हैं तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है सिंधु नदी सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती व उसकी सहायक नदियाँ झेलम व यमुना नदी तो जब हम हड़पा सभ्यता की क्लास ले रहे थे तो वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि जो हड़पा सभ्यता के स्थल हैं वो प्रारंभिक खुदाई होती है उस समय सबसे ज्यादा जो स्थल हैं वो मिल रहे हैं हमें सिंधु नदी के आसपास सिंधु व उसकी जो सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर सर्वाधिक स्थल मिल रहे थे और फिर बाद में होता क्या है कि उन्नीस के बाद में जब खुदाई होती है तो ज्यादातर स्थल हैं या हड़पा सभ्यता की जो सर्वाधिक स्थल स्थलों की प्राप्ति हुई है वो है सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा सी सरस्वती व उसकी सहायक नदियाँ ठीक है तो उन्नीस सौ के बाद में ज्यादा स्थल यहां पर खोजे गए हैं तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सरस्वती व उसकी सहायक नदियां ठीक है हमारा दूसरा प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल सुतका गेंडोर किस नदी तट पर स्थित है सुतका गेंडोर स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है तो यहां पर ऑप्शन है सिंधु जेलम सरस्वती दास ठीक है तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जैसे अगर विस्तार की बात करें हम हड़पा सभ्यता की तो हमने देखा था इसके पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं के जो स्थल हैं उसके अंतर्गत सुतका किंडोर भी एक स्थल था और ये पश्चिम में पश्चिम में दासक नदी और ब्लूचिस्तान बलूचिस्तान में इसकी स्थिति थी यानी पश्चिम के अंदर जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है उसमें दास नदी के तट पर यह स्थित था स्थल है सुतकागेंडोर, ठीक है और पूर्व की बात करें तो हमने यहाँ पर बात की थी एक स्थल है आलमगीरपुर और ये हिंडन नदी के तट पर था हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में ठीक है उत्तर की बात करें तो यहां पर हमने देखा था मांडा मांडा और ये चिनाव नदी जम्मू के अंदर ठीक है और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर हमें दायमाबाद नामक स्थल मिला है जो प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक है उसके पास में महाराष्ट्र में मिला है ठीक है अभी हम बात कर रहे हैं सुत्का गेंडोर की और सुतका गेंडोर जो स्थल है वो मिला है दासक नदी और यहां पर ऑप्शन है डी ठीक है तो सुत् गेंडोर जो स्थल है वो है दासक नदी के तट पर बलुचिस्तान में ठीक है अगले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं नंबर तीन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हड़प्पा निम्नलिप्त में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्तर से के कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं ठीक है तो यहाँ हमारे पास में ऑप्शन है हड़प्पा राखी रोपड़ और मौनजोदड़ो ठीक है और क्वेश्चन क्या है कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं ठीक है तो अगर हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर हमें आर सॉरी आर थर्टी सेवन और एच कब्रिस्तान मिला है राखी गडी है तो यहां से भी हमें कब्रिस्तान के साख मिले हैं रोपड़ है तो यहां पर मनुष्य व कुत्ता को दफनाने के साख मिले हैं और अंतिम है मोन तो मोन से क्या है हमें कब्रिस्तान के साक्ष प्राप्त नहीं हो रहे हैं यहां से हो क्या रहा है हमें कलस स्वादान कलस स्वादान के प्रमाण मिल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा मोन ठीक है हड़पा से हमें कब्रिस्तान मिल रहा है राखी से मिल रहा है रोपड़ से मिल रहा है लेकिन मोहन से हमें कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा मोन से अगर बात आती है कलश समादान की तो वो हमें कहाँ पर मिल रहा है मोन में ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता नंबर चार का क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा अफगानिस्तान में स्थित है यानी कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है तो जब हम क्लास में चर्चा कर रहे थे तो अफगानिस्तान में हमें दो स्थल मिले हैं एक तो है मुंडी और एक है सॉर्थ ठीक है तो ये दो स्थल हैं जो हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं आगे अगर बात करें नंबर पांच क्वेश्चन की तो पांच नंबर क्वेश्चन है वो है सैंद व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था ठीक है जैसे मान लीजिए कि ये मेसोपोटामिया है और ये सिंधु घाटी का क्षेत्र है अब इन दोनों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसमें मध्यस्थ कौन है ठीक है चाहे वह बंदरगाह हो या फिर और कोई स्थल हो जो दोनों के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा है ठीक है तो उसके बारे में बताना है तो यहाँ पर मध्यस्थ की बात करें तो ऑप्शन में है एलम ये भी नहीं है ओमान ये भी नहीं है मेलुआ ये मेलुआ से मतलब है सिंध दिलमुन ये दिलमुन है जो अभी का बहरीन है बहरीन को सिंधु घाटी सभ्यता में दिलमुन बोला गया है और यह दिलमुन है ये यहाँ पर मध्यस्थ का काम कर रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दिलमुन ठीक है अब अगर बात करें तो मैसोपोटामिया से हमें यहां पर क्या है जैसे कुछ मन के टाइप के मिल रहे हैं और कलोराइट की बनी हुई मोहरें मिल रही हैं तो इस तरह की सामग्री वहां से आ रही थी भारत में और निर्यात की बात करें भारत से जो चीजें निर्यात हो रही हैं, उनकी बात करें तो यहां से हाथी दांत कीमती पत्थर सूती कपड़ा इमारती लकड़ी ये ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से सिंधु सभ्यता से मेसोपोटामिया में हम जाती थी और वहाँ से होता ये था कि जैसे मोनजोदरों से क्लोराइड की बनी हुई आकृतियाँ मिली हैं या फिर मनका टाइप का मिला है तो ये चीजें वहाँ से आती थी ठीक है लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है सैंदव व्यापारिक केंद्रों में मैसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंद्रगा से होता था तो जैसे मान लीजिए ये मेसोपोटामिया है और यह सिंध है सॉरी हड़पा या सिंधु सभ्यता है तो इन दोनों के बीच में मध्यस्थ कौन कर रहा है दिलमुन तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर छह का क्वेश्चन है निम्नलिख में से कौन सा भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़पा स्थल है सबसे बड़ा हड़पा स्थल है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन है बनावली कालीबंगा लोथल राखी तो यहां बात हो रही है भारत में जो प्राप्त हो रहे हैं स्थल उनके बारे में तो भारत में जो स्थल है उनमें सबसे बड़ा है राखी ठीक है और अगर पूरी सिंधु सभ्यता की बात करें पूरी सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा स्थल है सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो ठीक है तो यहां हम बात कर रहे हैं कि कौन सा भारत में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल है तो होगा राखी ठीक है अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो हमारा अगला क्वेश्चन है मोन स्थित है यानी मोन जो स्थल है उसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में तो यहाँ पर मोहन की लोकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गुजरात में पंजाब में अफगानिस्तान में तो जो राइट ऑप्शन है वो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ठीक है मोहनजोद्र की स्थिति है और ये स्थल है 1922 सौ बाईस में राखलदास बनर्जी राखलदास बनर्जी ने खोजा था यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली है जिनके बारे में हमने पहले क्लास में भी चर्चा की थी कि यहाँ पर एक जैसे पुरोहित की मूर्ति मिली है काश्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है और विशाल स्नानागार मिला है अन्नागार मिला है पुरोहित आवास मिला है तो इस तरीके से ये जो मोहनजोधरो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से जो यूपीएससी के फिल्म और जो अन्य एग्जाम हैं जैसे यू नेट हुआ वहाँ पर तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो अगर मोहन की स्थिति की बात आती है तो वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ठीक है सिंधु नदी के तट पे था ये अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर आठ की तो आठ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं थे ठीक है यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हो रही है उसमें कौन से व्यक्ति का योगदान नहीं है ऐसे ये क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है ठीक है या नहीं थे तो यहां पर है एनजी मजूमदार इनका योगदान है चन्हुदड़ों में आरसी मजूमदार ये भी इतिहासकार हैं, दयाराम सानी इन्होंने हड़पा को खोजा था एम एस वत्स इनका योगदान है मोनजोदरों से संबंधित तो यहां पर तो पर ऑप्शन होगा हमारा राइट आरसी आरसी जो हैं हैं ये इतिहासकार लेकिन इनका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई खुदाई में योगदान नहीं है या सिंधु घाटी सभ्यता से ये जुड़े हुए नहीं थे ठीक है बाकी जैसे एनजी जी मजूमदार है तो वो चनुदरों से जुड़े हुए थे दयानी हड़पा से जुड़े हुए थे एमएस एस वत्स हैं ये मोहनजोद्रो से जुड़े हुए थे ठीक है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ निम्नलिखित में से असंगत असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित कीजिए यानी ये युग्म दिए हुए हैं जोड़े दिए हुए हैं अब इनमें से जो असंगत कौन सा है यानी एक तरफ सैर दिया हुआ है और एक चीज वहां पर जो मिली है उसके बारे में जोड़ा बनाया गया है अब इसमें संगत कौन सी चीजें नहीं है वो देखना है तो सबसे नंबर एक है हड़प्पा और यहां पर अन्नागार तो ये राइट है संगत है मोनजोदो और विशाल अन्नागार यह भी संगत है क्योंकि वहां पर मिला है दोलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र यह असंगत है लोथल और गोदीवाड़ा ये भी संगत है ठीक है तो तीन यहां पर युग्म संगत संगत हैं और एक क्या है असंगत है संगत कौन सा है धोलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र जो धोलावीरा है अगर इसकी बात करें गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मिला है और इसमें जो आवास बने हुए थे वो तीन भागों में बटकर के बने हुए थे यानी यहां पर एक गढ़ी क्षेत्र नहीं है बल्कि तीन गढ़ी क्षेत्र है ठीक है जैसे मान लीजिए ये उच्च और ये मध्य हो गया और ये निम्न हो गया ठीक है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए ये आवास बने हुए थे जैसे कुलीन वर्ग के लिए मध्यम लोगों के लिए और निम्न जो लोग थे उनके लिए अलग अलग तरीके से यहां पर तीन प्रकार के आवास देखने को मिले हैं अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस है इनमें से कहा विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है यानी विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड बने हुए हैं और वहाँ पर धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है तो ऑप्शन है हमारे पास में मोनजोद्रो हड़प्पा कालीबंगा लोथल तो जो ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो है कालीबंगा तो हमारा आंसर होगा कालीबंगा कालीबंगा में क्या है कि जगह जगह अग्निकुंड बने हुए हैं और उनके पास में स्नान वगैरह की या जिस तरीके से धार्मिक स्नान होते हैं ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है ठीक है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है हड़पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो यहां पर ऑप्शन है धोलावीरा रोपड़ और कालीबंगा ठीक है तो जो मनका बनाने का कारखाना जो हमें मिला है वो चनूद्रोह से मिला है हमारा आंसर है यहां पर सी चनुद्रोह में क्या था मन का बनाने की फैक्ट्री मिली है और यहां पर चनुद्रो में और भी कई चीजें मिली हैं जैसे श्रृंगार प्रसादन की सामग्री यहां पर मिली है सामग्री मिली है जिसमें जैसे लिपस्टिक है काजल है कंगा है उस्तरा है इस तरह की चीजें भी यहां पर मिली हैं। और एक और जगह है लोथल जहां भी हमें मनका बनाने के अवशेष मिले हैं या फिर वहां भी मनका बनाने की फैक्ट्री वगैरह रही होगी ठीक है तो हमारा यहां पर मनका बनाने का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो कहां पर है चनूदड़ो ठीक है और श्रृंगार प्रसादन की जो सामग्री है वो भी हमें यहीं पर मिल रही है आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा हड़पा संस्कृति की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित सर्वाधिक प्रचलित रूप है यानी जो मोहरें बनी हुई थी उनका रूप ज्यादा कौन सा प्रचलन में था तो वो है चोको टाइप का या फिर वर्गाकार ठीक है बाकी आयताकार भी हैं बेलनाकार भी हैं गोलाकार भी हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो इस तरीके से चोको टाइप में बनी हुई थी मतलब समान आकार की तो हमने देखा हड़पा संस्कृति की सर्वाधिक मोहरों का प्रचलित रूप और वो है वर्गाकार ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वो है चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था तो चनुदड़ो के उत्खनन से दो लोग जुड़े हुए थे एक तो मजूमदार है और एक है जे एच मैके तो हमारा आंसर होगा मैके और एक और है एन जी मजूमदार इन दोनों ने मिलकर के चनुदड़ो की खुदाई की थी या उसका उत्खनन किया था मैके महोदय का भी जो डायरेक्शन का काम है या निर्देशन करने का काम है वो था अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर है चौदह निम्नलिख में से किसकी पूजा हड़पा संस्कृति में नहीं होती थी यानी ऐसे कौन सा प्राकृतिक वृक्ष वगैरह या फिर देवता नहीं था जिसकी पूजा हड़पा संस्कृति में नहीं होती थी तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है शिव शिव के साक्ष हमें मिले हैं पशुपति शिव का साक्ष मिला है मोहनजोधरो से तो ये सही है पीपल के साक्ष मिले हैं ये भी सही है मातृ देवी की पूजा होती थी क्योंकि मोरों पर ऐसा देखने को मिलता है और यहाँ का जो समाज है वो कैसा है मात्र सत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो भी क्या है मात्र सत्तात्मक तो यहाँ पर मात्र देवी की पूजा होनी है लेकिन विष्णु विष्णु की पूजा यहाँ पर नहीं होती है विष्णु की पूजा का साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है ठीक है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आता है ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें देखने को मिलता है उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में ठीक है तो यहां पर गलत क्या हो जाएगा विष्णु और क्वेश्चन क्या था हमारा निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़पा संस्कृति में नहीं होती थी तो शिव की होती है पीपल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं मातर देवी की साक्ष पूजा के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन जो विष्णु है उसके साक्ष्य हमें यहां पर नहीं मिल रहे हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यानी जो कृषि कार्य है उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हो रहे हैं तो अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो एक जगह है मेरगढ़ और ये जो मेरगढ़ है ये प्राक हड़प्पा कालीन हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ पर हमें क्या है कपास और अन्य जो फसलें हैं उनके उत्पादन के साथ से हमें प्राप्त हो रहे हैं यानी लगभग पच्चीस ईसा पूर्व यहाँ कृषि कार्य होते थे जो क्या है प्राक हड़प्पा कालीन कृषि के साक्ष्य हमें उपलब्ध करवाते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है सोलह नंबर हड़पा संस्कृति के कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं, ठीक है तो हरियाणा की अगर बात करें तो हमें दो स्थल मिले हैं एक तो है बनवाली हरियाणा के इसार जिले में है सरस्वती नदी के किनारे है ये राखी ये भी हरियाणा में है हरियाणा इसार जिला घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे था तो ये दो स्थल हमें हरियाणा में मिले हैं और यहाँ पे हमें कूट मिलाना है तो एक और तीन यानी कूट संख्या एक व तीन सही है ठीक है कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा कहाँ पर है राजस्थान राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें है कालीबंगा और रोपड़ की अगर बात करें तो ये है पंजाब में सतलुज नदी के किनारे ये पंजाब में है ठीक है अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन है हमारा उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र ताम्रनिधि संस्कृति में से किस प्रकार के मृदभांड अंतिम रूप से पहचान की गई है यानी जो ताम्र ताम्रनिधि संस्कृतियां है उनके जो बर्तन बने हुए थे उनकी पहचान किस रूप में की गई है वो देखते हैं तो यहाँ पर है लाल रंग के वृदभ गेरुवर्णी वर्धभांड चित्रीदूसर मृदभांड और उत्तरी कालीस पालिसदार मृदभांड तो जो ताम्र ताम्रनिधि संस्कृतियाँ हैं उनसे जुड़े हुए मृदभाड हैं गेरुवर्णी ठीक है तो यहाँ पर तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा गेरुवर्णी मृदभांड और अगर बात करें चित्रित दुष्चर मृदमाण्डों की तो ये वैदिक काल में हमें प्राप्त होते हैं और उत्तरी काली पालिस्तार हैं ये उत्तर वैदिक काल में हमें मिलते हैं ठीक है लाल चिकने मृदमाण्ड हैं ये हमें कुषाणों के समय मिलते हैं कुषाण काल में और गेरुवरणी मृदभाड हैं ये ताम्र ताम्रनिधि संस्कृतियों में भी मिल रहे हैं और वैदिक काल में भी हमें ऐसे साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा गैरुवर्णी मृदमा ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए कथन है नंबर एक मोहनजोदरों में आवास निर्माण में कभी चूनागारा का प्रयोग नहीं हुआ हमारा कथन है मोनजोदरों में कभी आवास निर्माण में जो वहां पर भवन बने हैं या स्नानागार वगैरह बने हुए हैं उसमें चूनागारा का प्रयोग नहीं हुआ तो ये कथन क्या है गलत है क्योंकि वहां पर ऐसा देखने को मिला है क्योंकि जो स्नानागार वगैरह बने हुए थे उनकी फर्श है वो पक्की है और पक्की में चूनागारा का प्रयोग होना जरूरी है ऐसा साक्ष्य हमें देखने को मिला है और यहाँ पर दूसरा जो कथन है धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ तो ये भी गलत है क्योंकि धोलावीरा में जो आवास बने हुए थे उनमें पत्थरों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा या कथन जो सही है उनके बारे में अगर हम डिसाइड करें तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं और आंसर हो जाएगा डी ए और दो एक और दो दोनों नहीं यानी दोनों कथन क्या हैं दोनों कथन गलत हैं ठीक है अगला हमारा क्वेश्चन है हड़पा संस्कृति में कौन सी मोरें लोकप्रिय थी ठीक है यानी किस प्रकार की मोहरें लोकप्रिय थी तो यहां पर मोरें हैं जो लोकप्रिय हैं वो हैं चोकोर बाकी जैसे बेलनाकार हैं अंडाकार हैं गोलाकार हैं, ये भी लोकप्रिय थी लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय थी वहां पर सर्वाधिक लोकप्रिय जो मोरे मिली है वो है चोकोर टाइप की ठीक है और अंतिम क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी की अधिकांश मोरे किस पदार्थ से निर्मित की गई है तो अगर बात करें जो पदार्थ इनमें प्रयोग किया गया है उसकी तो यहां पर सही आंसर होगा हमारा सेलखड़ी यानी ज्यादातर जो मोरे हैं वो सेलखड़ी से निर्मित थी बाकी जो मोरे हैं वो मिट्टी की बनी हुई है तांबे की मोरें भी मिली हैं चर्ट की बनी हुई है तो इस तरीके से अलग अलग धातुओं से मिलकर के वहाँ पे मोरें बनाई गई थी लेकिन जो ज्यादा मात्रा में हमें मोरें देखने को मिलती हैं वो हैं सेलखड़ी की बनी हुई सेलखड़ी की मोरे यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय थी ठीक है तो आज का ये प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम हमारा यहीं तक है अगली क्लास में हम एक और श्रृंखला लेकर के आएंगे धन्यवाद